हाय दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करती हो आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैंने बनाई है मटर और मशरूम की सब्ज़ी जो मैं अभी दिखाऊंगी आपको तो यहाँ देख सकते हैं आप मैंने बनाई है मटर और मशरूम की सब्ज़ी जो मेरी सब्ज़ी ऐसी है तो किसको मटर और मशरूम की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे और देखिए मेरी मशरूम की और मटर की सब्ज़ी बन चुकी है तो मैं अब इसमें कॉरेन्डर लीव्स ऐड करूँगी ये देखिए ये मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है और एक बार मैं इसको वापस से मिक्स कर दूँगी मिक्स मिक्स मिक्स और अब मैं इसको बंद कर दूँगी और मेरी सब्जी रेडी है तो जिसे भी पसंद है मटर मशरूम मस, और मटर की सब्ज़ी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ओके बाय दोस्तों